इस दुनिया में प्रायः सभी व्यक्तियों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है किसी का चेहरा देख करके ये पता लगाना कि उसका स्वभाव किस प्रकार का होगा बहुत कठिन होता है परंतु यदि हम उस व्यक्ति की राशि जान लें तो उसके स्वभाव एवं व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि हमारे जो मेष राशि के जातक हैं इनका व्यक्तित्व तो कैसा होता है ये जो आपने देखा है ना 200% सत्य तथ्य तो ये बिल्कुल सटीक तथ्यों के बारे में आज हम बताएंगे कि मेष राशि के व्यक्तियों के जो है उपास्य देवता कौन से हैं अनुकूल अंक कौन से हैं इनकी शत्रु राशियाँ कौन सी हैं इनकी मित्र राशियाँ कौन सी हैं इनका मूलांक क्या है और दर्शकों यदि आपकी मेष राशि है या आपका मेष लग्न है और आपका नाम अक्षर अच्छा भी मेष राशि के अंतर्गत ही आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है इस वीडियो में बताए गए उपाय आप सभी हमारे दर्शक कर सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आ, इस वीडियो में ये भी हमने बताने की कोशिश की है कि इस राशि के व्यक्ति मित्र के रूप में पिता के रूप में माता के रूप में कितने सफल होते हैं और इनका प्रेमी सम, प्रेमी जीवन और दांपत्य जीवन किस प्रकार का रहता है तो दर्शकों आइए एक नज़र डालते हैं कि मेष राशि के जातकों पर देखिए दर्शकों एक बात बताना चाहते हैं मेष राशि के जातकों का जो चिन्ह होता है इस मेढ़ा होता है और इसका स्वामी ग्रह होता है मंगल बेसिकली अग्नि तत्व की राशि है और ये जो राशि है इसकी जो दिशा है पूर्व दिशा है क्षत्रिय जात है स्वभाव इस जो है राशि का क्रूर है इसके अलावा काल पुरुष के यदि हम अंग की बात करें तो जो मस्तक होता है फॉरहेड होता है माथा जिसको बोलते हैं तो ये प्रदर्शित करता है मेष राशि के जो जातकों का जो है मतलब शुभ स्टोन होता है लकी जेम स्टोन होता है ये मूंगा होता है कोरल होता है और शुभ कलर जो इनका होता है रेड कलर होता है अगर हम इनके शुभ दिवस की बात करें तो मंगलवार दिन बहुत ही शुभ होता है तथा इनके जो अनुकूल देव होते हैं हनुमान जी भैरव जी और शिव जी होते हैं इसके साथ साथ दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि जो मेष राशि के जातकों का मूलांक होता है वो न होता है इसी भी माह की 9 तारीख 18 तारीख और 27 तारीख इनके लिए बहुत ही शुभ होती हैं मेष राशि के जातकों की जो मित्र राशियां होती हैं ये मेष होती है मेष का संबंध मेष के साथ बढ़िया रहेगा सिंह हो गई तुला हो गई कुंभ हो गई व धनु हो गई वहीं अगर शत्रु राशियों की बात करें तो मिथुन व कन्या राशि से जो है कन्या राशि से इनकी शत्रुता होती है दर्शकों जो नामाक्षर होता है तो इनमें अश्वनी नक्षत्र के जो है क्या कहते हैं चार चरण होते हैं भरड़ी के चार होते हैं और कृतिका का एक चरण आता है तो चू चे चो ला ली लू ले लो और आ अक्षर यदि इन अक्षर से आपका नाम है तो ये जान जाइए कि आपकी राशि मेष राशि है एक वही सूर्य पंचमेश चंद्रमा सुखेश एवं बुद्ध पराक्रमेश व रोगेश हो जाता है देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव का स्वामी है और वही भाग्येश भी देखिए होता है शुक्र धनेश व सप्तमेश तथा शनि कर्मेश व लाभेश हो जाते हैं यदि आपके व्यक्तित्व पर हम चर्चा करें मेष राशि के जात को तो कुल मिलाकर के आपको भाग्यशाली माना जा सकता है अश्वनी भरड़ी व कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने पर आपकी राशि मेष होती है मंगल के लगभग सभी गुण आपके अंदर विद्यमान रहते हैं मंगल के गुण कौन कौन से हैं तो मंगल देखिए देवताओं का जो है सेनापति ग्रह होता है तो एक सेनापति का रोल क्या होता है युद्ध में आप नेतृत्व करने में से पीछे नहीं हटते हमेशा जब लीडरशिप की बात आती है तो मेष राशि के जातक बहुत आगे रहते हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत विचारधारा के होते हैं बहुत ही सुदृढ़ होते हैं इनको कोई तोड़ नहीं सकता है इसके साथ साथ इनके जो शरीर होते हैं काफ़ी कठोर होते हैं मांसलयुक्त होते हैं पतली कद काठी के और लंबी हाइट इनकी होती है और बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहते हैं थोड़े व अल्प से जो है थोड़े में व अल्प में जो है मेष राशि के जातक कभी संतुष्टि नहीं हो सकते हैं फिर चाहे वो एजुकेशन शिक्षा का क्षेत्र हो फिर चाहे वो विद्या प्राप्ति का क्षेत्र हो फिर चाहे वो अर्थोपार्जन या सामाजिक जीवन ही क्यों ना हो असंतोष का भाव सदैव बना रहता है धैर्य साहस ओझ हिम्मत संघर्ष इसके अलावा कष्ट ये सभी चीज़ें मेष राशि के जो जातक होते हैं इनको मिलती रहती है परजनों के साथ यदि हम व्यवहार की बात करें तो मृदु नहीं रहता है कुछ न कुछ टूटू महमय की स्थिति मेष राशि के जातकों के जो है साथ बनी रहती है सैद्धांतिक विरोध प्राय बना रहता है ग्रह कलह के कारण आप व्यथित रहते हैं बार बार जीवन में वियोगजन्य कष्ट उठाना पड़ता है आप चाह कर भी अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं अनुशासनहीनता अस्तव्यस्तता संकलित जीवन आप पसंद नहीं करते हैं फुहड़पन ओछे व भद्दे मजाक ना तो आप करते हैं और ना ही दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि आपके साथ करें यदि ऐसा कभी होता है आपके दोस्त लोग ये सब चीजें करते हैं तो विस्फोटक स्थिति बन जाती है इसी से बार बार जन धन मान सम्मान पर आपके चोट आघात पहुँचती है आर्थिक व शारीरिक हानि उठानी पड़ती है पर आदत के आतों आप विवश रहते हैं इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आर्थिक व जो है आपके आर्थिक व बिजनेस के क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन और काफ़ी ज़्यादा धन मेष राशि के जा कमाते हैं इसके साथ साथ दर्शकों आप लोगों के अंदर एक कोमल हृदय आप ऊपर नारियल के जैसे सख्त हैं लेकिन नारियल के अंदर जब उसका जो है क्या कहते हैं हम लोग जो है फल खाते हैं तो बड़ा कोमल होता है तो आप भीतर से कोमल होते हैं बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं बात बात पर जो है सबके सामने तो नहीं लेकिन बंद कमरे में रो देते हैं संवेदनशील परंतु हृदय पर प्रचंड व कठोर आवरण आपके चाह होता है आपके सामने कोई गिड़गिड़ा देगा आप जल्दी नहीं टूटेंगे इसके साथ दर्शकों बताना चाहेंगे आप जीवन में क्रमशः धीरे धीरे एक एक कर उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले लोग हैं मेष राशि के जातक कृषि के क्षेत्र में वाणिज्य के क्षेत्र में ठेकेदारी के क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुलिस के क्षेत्र में सरकारी सेवा की यदि हम बात करें तो पुलिस विभाग आपका हो गया भूमि से संबंधित जैसे जो एसडीएम होते हैं जो तहसीलदार होते हैं नायब तहसीलदार होते हैं या लेखपाल हो गए रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गए तो जो है पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो एक्सीन वगैरह इंजीनियर होते हैं तो कुल मिलाकर कर कर इन पर जो है आधिपत्य रहता है यदि एक चीज और बता दें भूमि भवन आपको कभी भी हानि नहीं देता है बाधाएं आपके जीवन में आना जो है बहुत ही सहज व स्वाभाविक है परंतु वे विपत्तियाँ स्वयं कतरा अपना मार्ग बदल लेती हैं मुंह मोड़ लेती है आपके ऊपर विपत्ति नहीं आती है कठिनाइयां स्वतः ही पिघल जाती हैं जीवन में आई विपत्तियों की जो है भरी चट्टान भी आपको डिगान नहीं सकती है आपके जीवन में लाख दुख मुसीबतों का पहाड़ टूटा हो लेकिन आपको टस से मस्त नहीं कर सकती है यदि आप सेना में हैं, यदि आप सैन्य विभाग में हैं, तो आश्वस्त रहें, आप उच्च पदासीन रहेंगे ही रहेंगे अधिनस्थों के काजों में आप लापरवाही सहन नहीं कर सकते हैं बाद बात में आपको क्रोध हो जाएगा बाद में आप उनको जो है टर्मिनेशन कर देते हैं बाद बात में आप उनको शोकॉफ नोटिस दे देते हैं तो ये चीजें मेष राशि के जातकों के अंदर कूट कूट करके भरी होती है इसके साथ साथ दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि आपको सत्यता एकल्ध कहना चाहिए जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके आप उसे पूरा करने के लिए अपने जो है क्या कहते हैं प्राडों से से लग जाते हैं। व्यवसाय में प्रायः आप असफल नहीं होते हैं हारना आपने चूंकि सीखा ही नहीं है बाधाओं से लड़ने और सीने पर पाव रख के आगे बढ़ने की कला कोई मेष राशि के जातकों से सीखे सदैव जागरूक रहना मेष राशि के जातकों का गुण है आपके स्वभाव में उग्रता है तो प्रचंडता भी है अखड़पन है तो हठी भी है आप धुआं दे देकर जलने की अपेक्षा आप सीधे जो है भबक करके जो है जलना पसंद करते हैं शेर कभी घास नहीं नहीं खाता, तो दूसरों का किया हुआ सिकार, करना भी आपको पसंद नहीं है मेष राशि के जातकों की आदत ही नहीं है स्वाबल पर अपने भुज बल पर आप भारी से भारी काम करने का बीड़ा भी उठाने में हिचकिचाते नहीं हैं। तर्क रहित बात मेष राशि के जातक मान ही नहीं सकते श्रेष्ठ बुद्धि बल अद्भुत शक्ति के कारण त्वरित तथा तत्काल निर्णय शक्ति के कारण अच्छी सूझबूझ विचारवान बात मेष राशि के जातक जो हैं इन लोगों को पसंद आती है ये लोग देखिए कोई भी लाइफ में डिसीजन होता है ना तो उसका प्रेजेंट क्या होगा उसका फ्यूचर क्या होगा उसका पास्ट क्या रहा होगा ये सभी चीज़ें मेष राशि के जातक जो हैं ये लोग पहले जान लेते हैं उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं अनुगामी बनने में कुशल देवगुरु देवगुरु जो है देव अतिथि चरित्र रक्षा करने में कठोर, दर्शकों रहते हैं, आप जन जन के प्रिय रहते हैं जंगलों पहाड़ी प्रदेशों रेगिस्तानों ध्रुवीय प्रदेशों में रहना मेष राशि के जातक खूब पसंद करते हैं आपके ऊपर यदि जिम्मेदारी डाल दी जाती है तो आप उसका निर्वाह भली प्रकार करते हैं प्रेम प्रणय के मामले में आप सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं प्रेम के मामले में आपको जल्दी से ही बेवकूफ बनाया जा सकता है कोई भी आपका दिल जल्दी ही हितोड़ करके चला जाता है लेकिन फिर आपका जो है किसी दूसरे के साथ अफेयर होता है तीसरे के साथ होता है आप अपने प्रेमी जीवन पर अपनी प्रेमिका पर या जो प्रेमिका होंगी ये अपने प्रेमी पर शक करते हैं दाम्पत्य जीवन पर भी इसी प्रकार की लड़ाईया होती है आप लोगों के भी कलहपूर्ण वातावरण होता है दर्शकों एक बात बताएं मेष राशि के जो जातक होते हैं इनके अंदर एक श्रेष्ठ गुण होता है देखिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं हिम्मती होती हैं और साफ सोच वाले होते हैं पत्नी के प्रति वफादार परंतु बोल्ड होते हैं इनकी अवगुण की यदि हम बात करें तो कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा सेल्फी स्वार्थी हो जाते हैं उतावलापन इनका जो है ले डूबता है इनको उसके बाद इनके अंदर ईगो बहुत जल्दी आता अहम एको हम ना अस्थ की जो भावना है यह मेष राशि के जातकों के अंदर चल दिया है फूहड़ बोलने वाला जी हाँ फूहड़ बोलने वाला आप गाली गलौच करने से भी बाज नहीं आएंगे किसी को भी अपशब्द कहने से बाज नहीं आएंगे आपके जो पड़ोसी है ना वो आप लोगों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इसके अलावा अवगुण की यदि हम बात करें तो आप उपद्रवी हैं कहीं हिंसा हुई कहीं दंगा हुआ उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके कूद के आगे पहुंच जाते हैं अपने आप को लेकिन आप पकड़े नहीं जाते हैं फिर आप निकल लेते हैं इसके अलावा ईर्ष्या करने वाला मेष राशि के जो जातक हैं ये ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं दूसरों को देख करके उन वो जब सक्सेस होते हैं दूसरे तो ये ईर्ष्या करने लगते हैं तो देखिए ये आपके अवगुण हैं यदि इनको आप दूर कर लें तो बेहतर रहेगा मेष राशि के जो जातक होते हैं यदि हम इनके व्यक्तिगत समीकरणों की बात करें तो एक मित्र के रूप में मेष राशि के जो जातक होते हैं कुछ हद तक के स्वार्थी एवं अहम की भावना होने के कारण मित्रता में समानता की भावना रखना पसंद नहीं करते हैं और मित्रता एक स्तर पर रखते हैं जिन्हें एक अच्छा दोस्त समझते हैं उनके ऊपर अपना पूरा समय देते हैं ये लोग और जो संबंध होता है मेष राशि के जातक सच्चाई से निभाते हैं और ऐसा ही व्यवहार आप लोग दूसरों से भी चाहते हैं यदि हम एक पिता पिता के के के के रूप रूप में में बात करें मेष राशि राशि जातकों की तो इस के जो जातक होते हैं पिता के रूप में अपने बच्चों को हर वस्तु जो है वस्तु के लिए मनमानी करवाते हैं चाहे संतान की इच्छा हो या ना हो जैसे यदि संतान कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाहता है लेकिन पिता कहते हैं कि नहीं आपको मैथमेटिक्स लेना है या आपको साइंस लेना है तो वो फोर्स करेंगे वो उनको पिंच करेंगे कि नहीं साहब आप अपने बच्चे को कि आपको कॉमर्स नहीं लेना मैथ लेना इट्स माय डिसीजन तो ये चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं जा कर के बच्चों के करियर में बाधक होती है देखिए दर्शकों इन सब चीज़ें बता रहे हैं आप लोग फटाफट लाइक करिए एक लाइक बनता है इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मेष राशि के जातकों को दे रहे हैं यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो देखिए हमसे अपने मिल करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं लखनऊ आकर के हमसे मिल सकते हैं दूसरा टेलीफोन के भी माध्यम से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आपके शहरों में हमारा आगमन होता है तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए वार्षिक राशिफल भी जो है हर वर्ष की भांति बार इस बार भी पड़ चुका है जो भी मेजर ग्रहों के ट्रांजिट होते हैं उससे संबंधित भी वीडियो बन जो बन के हमारे इस चैनल पर पड़ा हुआ अंक ज्योतिष राशिफल भी मूलांक एक से लेकर के नौ तक हमारे इस चैनल पर पड़ा हुआ है वो भी आप लोग जा, जा करके देख सकते हैं इसके अलावा जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो भी हमारे चैनल पर आप जा करके के देख सकते हैं लगभग नब्बे से सौ जो है हमारी भविष्यवाड़ी बिल्कुल एकोरेट होती है तो दर्शकों पिता के रूप में जो है बात चल रही थी मेन्स राशि के जातकों की तो देखिए एक पिता के रूप में आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि ये काफ़ी फुर्तीले हों और ये आपका नाम रोशन करें सब पिताओं की जो है मतलब एक फीलिंग्स होती है कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें लेकिन जो मेष राशि के जातक होते हैं ये अपने बच्चों से अपेक्षा बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन अपेक्षा हर एक चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है यदि कोई एक्टिंग करना चाहेगा तो आप उसको मैथमेटिशियन नहीं बनवा सकते हैं इंजीनियर नहीं बनवा सकते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको बचना होगा वही एक माता के रूप में यदि आपकी मेष राशि है तो ऐसी स्त्रियाँ अपने बच्चों की महत्वाकांक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पसंद करती हैं वो पिता की तरह नहीं होती हैं ऐसी स्त्रियाँ अपने पुत्र एवं पुत्री को समान रूप से चाहती हैं और अपने बच्चों के अधिकार के लिए समाज से परिवार से लड़ती हैं उनका फेस करती हैं उनका सामना करती हैं तो एक मेष राशि के जो जातक होते हैं इनके जीवन में प्रेम का क्या रहस्य है क्या कुछ छुपा हुआ है इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं देखिए मेष राशि के जो जातक होते हैं एक आकर्षक प्रभावशाली रूप वाले होने के कारण ये लोग जल्दी जल्दी प्यार करते हैं लेकिन इनका प्यार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है ऐसे लोग रोमांस कम पसंद करते हैं तथा शारीरिक संबंध बनाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं मेष राशि वाले व्यक्ति रुआबदार और मर्दाना दिखाई देते हैं जिससे हर तरीके की जो है महिलाएं उन पर आकर्षित होते हैं लड़कियां उन पर आकर्षित होते हैं मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं पति पत्नी के रूप में काफ़ी अच्छे संबंध इनके स्थापित होते हैं ऐसे व्यक्ति रोमांटिक एवं जो है पोइट्री स्वभाव के होते हैं कवित्व तो स्वभाव होने के कारण इनके जीवन साथी इनसे कभी बोर नहीं होते हैं इनके साथ रहकर काफ़ी मनोरंजन करते हैं मेष के व्यक्ति जितना जल्दी प्यार करते हैं उतना ही जल्दी प्यार के जाल से बाहर भी आ जाते हैं तो मेष राशि के जात को आपके लिए भाग्योदय कारक यदि हम वर्षों की बात करें तो 16 साल की जो है उम्र आपके लिए भाग्योदय कारक होती है वहीं 22 साल 28 साल 32 साल 36 साल की जो उम्र होती है ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है इसके साथ साथ आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण वर्ष होंगे वो 18 वर्ष सत्ताईस पैंतालीस चौवन साल 54 फोर 63 सिक्सटी और 73, थ्री सेवेंटी जो वर्ष रहता है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख होते हैं और मेष राशि के जो जातक होते हैं नौकरी के इनके पास बहुत अधिक अवसर होते हैं तो फौज में यदि ये जाते हैं तो ये साढ़े सोलह सत्रह साल की एज में फ़ौज में चले जाते हैं पुलिस के रूप में एक बहुत अच्छे ये जो है आई पी, एस, पी, पी एस, या सेना में जो है कैप्टन लेफ्टिनेंट मेजर कर्नल के रूप में जो है ये लेकिन तो तो के के अब उपाय पर आ जाते हैं आप लोगों को उपाय क्या करना रहेगा एक हम आपको मंत्र दे रहे हैं और इस मंत्र को आप लोग जीवन में गांठ बांध दीजिएगा कभी आपको पीछे मुड़ कर देखना ही नहीं पड़ेगा लक्ष्मी प्राप्ति का एक अनुकूल मंत्र आपको दे रहे हैं क्लीन सौ आप लोग तो स्क्रीन पर देख सकते हैं गलती मत करिएगा क्लीन सौ ये आप लोगों का लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र है इसमें ओम मत लगाइएगा केवल क्लीम सौ ये मंत्र है इसको प्रतिदिन मानसिक रूप से आप जाप करिए एक माला यदि कर सकते हैं तो ठीक रहेगा आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ऑरेंज कलर रेड कलर जिसको भगवा कलर बोलते हैं ऑरेंज कलर को तो ये आपके लिए सर्वथा शुभ कलर रहेंगे इसके साथ साथ येलो कलर आपका शुभ रहेगा व्हाइट कलर भी आपके लिए दर्शकों शुभ रहेगा गणेश जी की आराधना हनुमान जी की आराधना भय की साधना और खास करके जो स्वतार्क गएं आ रही हैं दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है इसके साथ साथ दर्शकों प्रातः काल जल्दी उठ करके आपको दोनों हथेलियों के दर्शन करने हैं क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम तो अपने कर मतलब होता है थेली, तो इसके आप लोग दर्शन करिए तो दर्शकों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रतिदिन डेली राशिफल हमारा पड़ता है वो राशिफल आप जाकर के देखिए यदि तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है वहां पर आप लोग अपना नाम डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस और अपनी जो आपकी समस्या जीवन में उसको कमेंट कर दीजिएगा दैनिक राशिफल में और उसके बाद प्रतिदिन की जो है मतलब हम दो भाग्यशाली विजेताओं का चयन करते हैं अपने इस जो है चैनल के माध्यम से प्रोग्राम के माध्यम से उसमें आप लोग भी लकी विजेता हो सकते हैं तो आप लोग हमसे जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं मेष राशि के उन तक ज़रूर शेयर कीजिए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए और दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम